तो जन्म राशि की प्रधानता दिया करिए नाम राशि न चिंतित नाम राशि की आपको चिंता भी नहीं करनी है आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबत्त दो चल रहा है परधामी नामक संवत्त सर है शक संबत्त उन्नीस चल रहा है साथ ही साथ रविवार आज दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छः पर आ, मतलब छः बजकर पचपन मिनट पर सुबह और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चौवालीस मिनट पर आज जो दर्शकों देखिए तिथि रहेगी ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात को आठ बजकर चार मिनट तक की इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी अष्टमी तिथि को ब्रह्मा वैवर्ष पुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से ये उल्लिखित है देखिए कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे आप लोग ब्रह्मा वैवर्ष पुराण इंटरनेट से डाउनलोड गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं खरीद सकते हैं और उसमें आप लोग पढ़िए और नवमी तिथि को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है कि जो लोग नवमी तिथि को लौकी का सेवन करते हैं वो गौ मास खाने का पाप करते हैं समझिए अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में लिखी है नक्षत्र वही रहेगा भरड़ी और कृतिका और करल रहेगा विष्टिव और अंतिम करल रहेगा बालव योग रहेगा शुक्ल योग बहुत ही अच्छा योग होता है आप लोगों को जो भी कार्य करना होगा आज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त रहेगी साथ ही साथ आज देखिए आपको अमृत काल मिलेगा सत्रह बजकर चौवन मतलब पाँच बजकर चौवन मिनट से उन्नीस बजकर चालीस मिनट तक की शुभ कार्यों को इसमें निपटाइए निश्चित होगा मिट्टी छुएंगे तो सोना बन जाएगा देखिए मुहूर्त का बहुत ही ज़्यादा हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है हर एक मुहूर्त अलग अलग जो है महत्व प्रदर्शित करती है साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह ग्यारह बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर 41 मिनट तक की वहीं अशुभ समय पर आ जाते हैं जिसमें राहु काल प्रमुख है तो राहुकाल रहेगा शाम को चार बजकर तेईस मिनट से लेकर के सुबह पाँच बजकर चौवालीस मिनट तक की चंद्रदेव देखिए दर्शकों चलायमान रहेंगे मेष राशि में और सूर्य देव कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि में मान रहेंगे और चंद्र देव फिर आगे इनकी राशि आएगी वृषभ तो मेज के बाद फिर ये वृषभ राशि में जाएंगे लेकिन तीन फरवरी को जाएंगे सुबह पाँच बजकर चालीस मिनट पर दिशाशूल की बात कर लेते हैं तो रविवार दिन रहेगा बेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर का दिशाशूल होगा पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा करने से बचना होगा यदि करना पड़ जाए तो क्या आप करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन पान का सेवन कर लीजिएगा गुड़ का सेवन कर लीजिएगा केसर का सेवन कर लीजिएगा घी का सेवन कर लीजिएगा निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी और पहले पूर्व दिशा की ओर आपको चार पक चलना होगा फिर पश्चिम की ओर यदि आप जाएंगे तब आपकी यात्रा ये सफल होगी कोई विघ्न नहीं आएंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी जी हाँ ये क्या कह रहा है तो पहली राशि हमारी आती है मेष राशि देखिए मेष राशि के जातकों आज के लिए आपका दिन लाभदायक रहेगा व्यवसाय के साथ ही आज मित्र और सगे संबंधियों के साथ आपकी मुलाकात एक सार्थक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही कार्य क्षेत्र पर आज, आज, बहुत आज, आज, आज, आज आप बहुत ज्यादा उदासीन होते उदासीिकाले लोग प्रसन्न होकर घरेलू कार्य आज एकदम से सर पर आने से असहज होने पर टाल मटोल की स्थिति रहेंगे जिससे परिजन आपके नाराज हो सकते हैं आज घर में किसी मांगलिक कार्यो का आयोजन होगा जिसमें आपकी सहभागिता बड़ी अनिवार्य रहेगी अति आवश्यक कार्यो के प्रति आज आपको लापरवाही छोड़नी पड़ेगी अः विघ्न बाधाओं वाली जो है जो आने वाली है ये आपके पास आएंगी लेकिन फिर जो है अपने आप ही आपके काम सता बनेंगे जो शाम का समय रहेगा रात का समय रहेगा आपके लिए आनंद भरा रहेगा लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग सूर्य नमस्कार करिए और साथ ही साथ आज आप लोग भगवान भास्कर को जल में लाल कुमकुम लाल पुष्प डाल करके आपको अर्घ देना रहेगा शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक टॉरस वृषभ राशि के जात को आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा सेहत आज आपकी देखिए लगभग सामान्य रहेगी कई दिनों से जो आपके लटके काम हैं या जो भी अनुबंध है जो आगे नहीं बढ़ रहे थे ये आज आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस कारण आज आपको धन लाभ की जो आपकी कामना थी ये पूर्ण होती हुई दिखाई रहेगी व्यवसाय के अतिरिक्त आज आपको सोर्स ऑफ इनकम दो रहेगी दूसरे मदों से भी आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा आज आप लोग देखे स्वाद का आनंद लेंगे आज आप लोग पार्टी का आनंद लेंगे आज आप लोग पिकनिक का आनंद लेंगे साथ ही साथ बच्चों से कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन आज आपका पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है धन आज आपका अधिक खर्च होगा साथ ही साथ कोई अकारण से हानि हो सकती है घर परिवार में स्थितियाँ ठीक रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज संडे दिन रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोगों को नमक वाइट करना रहेगा दूसरा आपको करना ये रहेगा कि हनुमान जी को एक मीठा पान आपको चढ़ाना रहेगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि देखिए मिथुन राशि के जात को धन आगमन के लिए आज थोड़ी सी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ सकती है इसके साथ साथ आज आकस्मिक और नए अनुबंध आपके साथ बनेंगे एग्जाम अगर आज आप देने जा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है मतलब परीक्षाओं में आज आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं आज पूर्व निर्धारित जो योजनाएँ हैं अधूरी थी उनमें आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है कार्य इस कार्य क्षेत्र पर आज मनमानी के कारण आपको कुछ आर्थिक हानि हो सकती है तो मनमानी आप लोग मत करिएगा साथ ही साथ किसी अन्य मदों से या किसी से आज आप लोग घुस मत लीजिएगा देखिए जो होता है स्पष्ट बोलते हैं तो हमारी बातों को बहुत हल्के में मत लीजिएगा किसी को किसी से आज आप लोग प्लीज़ कोई ऐसा काम मत करिएगा कि उसको पीड़ा पहुँचे फिर उसके उसका जो रोआ श्राप देगा उससे आपको पीड़ा पहुंचेगी सरकारी कार्यों में आपको लाभ होगा।, आप से, से होगा दूसरों के लड़ाई झगड़ों में, में आप लोग आ सकते हैं आज किसी नए प्रेम संबंध की आपकी शुरुआत हो सकती है विवाह के बंधन में बनते हुए आज मिथुन राशि के जातक दिखाई दे रहे हैं सेहत आज आपके लिए अच्छी रहने वाली है सेहत के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी यात्राओं को टालना आज आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार आज, आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है आती है कैंसर जी हाँ कर्क राशि तो कर्क राशि के जातको आज दिन के पहले भाग में आपको परिश्रम के अनुसार फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज किसी नई नौकरी में आज आप लोग जा सकते हैं आज किसी नए लोगों के साथ आपके फ्रेंडशिप स्थापित होगी और वो भविष्य में लाभ करेगी आज आपके मन में नए नए प्लानिंग आएंगे नए नए विचार आएंगे निर्णय लेने की शक्ति में आज, आज आपके इजाफा होगा जो लोग जर्नलिज्म से मास काम से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है काफ़ी संभावनाओं का दिन रहने वाला है नई वस्तुओं की खरीदारी करते हुए आज दिखाई पड़ रहे हैं आज कोई नया वाहन कोई नई जॉब और कोई नया जो है प्लॉट या जमीन आप लोग जो है उसमें धन लगा सकते हैं धन की आमद होने से वित्तीय आयोजन जो रहेंगे ये आपके सफल रहेंगे थोक के जो होलसेलर जो है व्यवसायी हैं उनके लिए आज निवेश के लिए अच्छा दिन रहेगा आप लोग निवेश कर सकते हैं परिवार में किसी के बीमार होने से मन में थोड़ी सी जो है असुविधा रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए गूगल से डाउनलोड कर दीजिएगा या हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग जा के देख सकते हैं साथ ही साथ आज आप लोग नमक को अवॉइड करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि अर्थात सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों आज का दिन राहत अनुभव कराने वाला दिन रहेगा कार्यों को लेकर के जो मन में आशंका थी जो मन में आप आशंकित थे ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है परंतु एक चीज़ और हम आपको बता दें सफलता मिलने पर यही क्रम आपका जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है आज आपके डूबे हुए रकम आपको वापस आते हुए दिखाई पड़ेंगे और आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा किसी नए प्रेम संबंध की आज आपकी शुरुआत हो सकती है साथ ही साथ विवाह में बंधने का आज आपको जो है सु प्राप्त हो सकता है आज के दिन यात्राएं लंबी दूरी की होंगी और इन यात्राओं में आज आपको सफलता प्राप्त होगी जीवन साथी के साथ कहीं पर बाहर घूमने फिरने इत्यादि आप लोग जा सकते हैं और नई नई जगहों पर आज आप लोग घूम सकते हैं साथ ही साथ आज नौकरी पेशा जा अपनी व्यस्तता के चलते घर पर अपने आलोचना का शिकार हो सकते हैं खुद आलोचना आज आप लोगों की बन सकती है सामाजिक स्तर पर आज आपकी छवि निखरती हुई दिखाई रहेगी स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो नमक का सेवन आपको भी नहीं करना है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना रहेगा और आज आपको गाय को रोटी में गुड़ डाल करके खिलाना रहेगा या मीठी रोटी जो होती है रेवड़ी होती है ये आप लोग गाय को खिला सकते हैं आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा लाइट पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक कन्या राशि के जात को आज का राशिफल क्या कहता है तो आज के दिन आपका मन स्थिर रहने के कारण बनी बनाई जो योजनाएं हैं ये आपकी निरस्त होती हुई दिखाई दे रही है आज आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने काम को सफल कर ले जाएंगे उच्चाधिकारियों का आज आपको बहुत अच्छा साथ आपके कार्यक्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दूसरों से किया हुआ वादा आज आप लोग पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी आपसे मनमानी करेंगे जिससे आपको कुछ जो है विलम्ब कार्यों में हो सकता है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ आज आपके घर में कोई अकस्मिक रूप से बीमार पड़ सकते हैं जिसके कारण मन में कुछ चिंता रहेगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग हनुमान जी के मंदिर में जाइए और बेसन से बना हुआ कोई आपको जो है मिष्ठान हनुमान जी को चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ आज आप लोग किसी युवक को आ, मसूर की दाल का गुड़ का तांबे का गेहूँ का इन सब का दान करना रहेगा आ, आपके लिए शुभ कलर आपके लिए आज रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात अगली राशि आती है तुला तो तुला राशि के जातकों नौकरी पेशा जाता के वो महिलाएं आज यात्राओं के जो है योग दिखाई पड़ रहे हैं आज आप लोगों की को कोई विश कोई कामना पूरी हो सकती है सामाजिक कार्यों की अनदेखी आज तुला राशि के जाता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं दांपत्य जीवन आपका उत्तम रहेगा किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है मनपसंद भोजन और मनपसंद वाहन का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं मतलब आज यात्राओं पर आप जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी आज आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे साथ ही साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है आज का दिन भी आपके लिए एक चीज और बता दें थोड़ा सा चल करके बिजनेस के मामलों में कलहकारी बन सकता है आपसी व्यवहारों में थोड़ी सी आपको जो है शांति रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अनारगल बयानबाजी से तुला राशि के जातकों को बचना रहेगा परिवार और आस पड़ोस की महिलाओं से आज कई दिनों की जो चली आ रही खुन्नस थी या कह सकते हैं भड़ास थी ये एक साथ आप लोग शाम तक की निकाल सकते हैं सतर्क रहिएगा कार्य क्षेत्र आपके लिए ठीक ही ठाक रहेगा बहुत ज़्यादा किसी से मत बोलिएगा अन्यथा किसी से लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है आकस्मिक धन का देखिए तुला राशि के जातक लाभ अवश्य उठाएँगे तो आज उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश करना रहेगा कि जल में आप दो चुटकी लाल कुमकुम डालिए और भगवान भोलेनाथ पर जा करके ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग अभिषेक करिए निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा साथ ही साथ आज ब्लैक कलर को आपको एवाइट करना रहेगा येलो मतलब पीला रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा और अंक नौ आपके लिए शुभ अंक रहेगा तुला के बाद हमारी अगली राशि आती है यात्री वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को परिजनों से आज मनमुटाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप यात्राओं की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो आज आपकी यात्राएं स्थगित हो सकती हैं आज व्यावसायिक यात्राओं को टालना भी आपके लिए बेहतर रहेगा साथ ही साथ वाहन असावधानीपूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं पूर्व में किए गए जो निवेश हैं उनसे आज आपको कुछ लॉस हो सकता है आपके कुछ मार्केट शेयर जो होते हैं इनकी पूँजी कुछ गिर सकती है इनके जो दाम होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो कुछ डाउन हो सकती है फिलहाल आज का दिन मिश्रित फलदाई रहने वाला है ऐसा हम कह सकते हैं दिन के पहले भाग में आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ आपको संतुष्टि मिलेगी लेकिन कार्य क्षेत्र पर थोड़ी सी आपको जो है बिक्री बढ़ सकती है लेकिन जो हम उपाय बताएंगे उसको करने के बाद आपके व्यक्तित्व का आज विकास होगा साथ ही साथ आज आप लोग लजीज व्यंजनों का भोजनों का आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज उत्पटांग के कामों में आपका मन उलझ सकता है पारिवारिक समस्या आज आपके जीवन में आने से मन अशांत रहेगा आज घर परिवार में किसी से बात विवाद होने की संभावना है जिसके कारण मन बहुत टेंशन में आ जाएगा तो उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा देखिए सबसे पहले आज आप लोग कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए साथ ही साथ आज देखिए भ्रामरी प्राणायाम आप लोग कर सकते हैं जल का अधिक से अधिक सेवन आज आपके शरीर में एक नव चेतना का संचार कर देगा अति आवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकलिएगा अन्यथा फालतू के कामों में आज आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी सुबह उठिए तो दोनों हथेलियों के आज, आज आप लोग दर्शन कर सकते हैं क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम शुभ कलर रहेगा आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ सेजिटेरियर्स जी हाँ, धनु राशि के जातकों तो आज का दिन आपको सुख संतोष की अनुभूति कराने वाला दिन रहेगा आज आपकी जो दिनचर्या रहेगी ये व्यवस्थित नहीं रहेगी फिर भी दैनिक एवं सरकारी काजों में जो विघ्न थे ये दूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके ये शेष सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होंगे व्यवसाय में आज अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और आज आप लोग पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्याह्न तक आपका व्यवसाय मंदा रहेगा लेकिन इसके बाद आकस्मिक रूप से जो है उछाल आने से आर्थिक लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है पुरानी उधारी भी आज मिलने की संभावना रहेगी सार्वजनिक क्षेत्र पर आज आपको लोगों का सहयोग एवं धार्मिक कार्यो में दान करने का अवसर प्राप्त होगा रात्रि के समय जो है कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है जिससे मन आज आपका बड़ा आनंदित रहेगा महिलाएं आज पारिवारिक कलह से बचने में मदद करेंगी आ, लेकिन पारिवारिक कलह में महिला कारण भी हो सकती है आज आपको उपाय क्या करना रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस्त्र का जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए साथ ही साथ आज आप लोगों को गाय को रोटी और गुड़ खिलाना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा दो कैप्रिकॉन मकर राशि मकर राशि के जातकों आज के दिन भी ग्रह स्थिति घर बाहर उथल पुथल कराएगी आज आपको घरेलू मामलों में विशेष सावधानी बरतने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज जीवन साथी के साथ रुटने मनाने का सिलसिला चलता रहेगा आज दौड़ भाग जो आप कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में ये व्यर्थ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो बुजुर्ग हैं आपके घर में जो वयोवृद्ध लोग हैं वो आज आपकी विचारधारा से विपरीत सोच रखेंगे जिससे उनके साथ तालमेल बैठाने में आपको मुश्किल हो सकती है कार्य क्षेत्र पर आज आपको जो है अन्य व्यक्ति जो है लाचारी का कह सकते हैं कि फ़ायदा आपके उठा सकता है साथ ही साथ बैंकिंग वगैरह सेक्टर में यदि आज आप कुछ पैसे वगैरह जमा करने जा रहे हैं एटीएम इत्यादि पर तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी रहेगी अन्यथा आपके साथ कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड हो सकता है वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का और हेलमेट का प्रयोग करिए तो बेहतर रहेगा अन्यथा आज किसी दुर्घटना के आप लोग शिकार हो जाएंगे देखिए दर्शकों साढ़े आपके ऊपर चल रही है तो साढ़े को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा Uh, करना और क्या रहेगा आपको तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए आप लोग जो है आज के दिन नारायण कवच का भी पाठ कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार कुंभ राशि जी हां एक्वाट कुंभ राशि के जात को आज का दिन क्या कहता है तो आज के दिन आप अधिक लापरवाही रहने के कारण हानि उठा सकते हैं प्रातः काल से ही यात्राएँ और पर्यटन की योजना बनेगी कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के बाद भी अल्पलाभ से संतोष करना पड़ेगा आज नौकरी नौकरों के ऊपर जो घर में आपके नौकर चाकर हैं इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करना आपकी हानि का कारण बन सकता है कार्य क्षेत्र पर आज आपके चोरी इत्यादि जैसी गतिविधि भी हो सकती है और आज आप पर उल्टा एलिगेशन आरोप वगैरह लगाए लगाए जा सकते हैं वाड़ी में कठोरता मत लाइएगा वाड़ी में अपने सौम्यता रखिएगा घर में कलह होने की संभावना है आर्थिक लेनदेन आज आप लोग लिख लिखा पढ़ी में करें बैंक में ट्रांजेक्शन के रूप में करें तो बेहतर रहेगा शाम का समय जो रहेगा ये थोड़ा सा थकावट भरा रहेगा आज आप ना चाहते हुए कोई आपको जो कार्य करना बिल्कुल ना पसंद है वो कार्य भी आज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं शारीरिक कमजोरी कुछ अनुभव करते हुए भी आज कुंभ राशि के जातक दिखाई पड़ेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग सूर्य कवच का पाठ करिए साथ ही साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और नमक बिल्कुल अवॉइड आज आपको करना है आपके लिए शुभ कलर रहेगा सिल्वर कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच अंतिम राशि पर चलते हैं। हमारी अंतिम राशि देखिए आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज के दिन कार्यक्षेत्र पर आपकी व्यस्तता बहुत अधिक रहेगी हाथ में लिए अनुबंध समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण मन में तनाव हो सकता है घर में जो नए मेहमान आए हैं इनके ख्वाबों खयालों में आज आप लोग खोए रहेंगे तथा यात्राओं का योग बन रहा है लंबी दूरी की स्वभाव से आज आपको कुछ जो है ढीलापन रहने के कारण भागदौड़ वाले कार्यों से बचने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आज आपका धन अधिक खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सहकारी कार्य सरकारी कार आज आपको लेट लतीफी वाला होगा जो लोग एल्कोहल से रिलेटेड कार करते हैं आज थोड़ा सा सावधानी आज आपको कोई जो है पुलिस इत्यादि केस में घसीटा जा सकता है साथ ही साथ वाहन चलाने वाले लोगों को हम सलाह देंगे कि बहुत ही धीमे गति में आज आप लोग वाहन चलाइए नहीं तो किसी दुर्घटना का आप लोग शिकार हो सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज देखिए आपको प्रयास करना है कि सूर्य देव को अर्घ देना है लेकिन दूध में माफ करिएगा जल में थोड़ा सा दूध और काला तिल डालकर के अर्घ दीजिएगा आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको तीन बार पाठ करना रहेगा तो शुभ कलर आपके लिए देखिए आते हैं शुभ कलर आते हैं आपके लिए लाइट पिंक कलर आज शुभ रहेगा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो ये तो था देखिए हमारा दर्शकों मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करा सकते हैं नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हमसे यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं फिर चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो वो प्रेम संबंधों से रिलेटेड हो फिर चाहे वो आर्थिक चीज़ों से मनी से रिलेटेड हो वार्षिक राशिफल पढ़ा है जुपिटर ट्रांजिट पड़ा है सेटन ट्रांजिट पड़ा है आप लोग जाइए और देखिए और उसका लाभ लीजिए देखिए उसमें हर एक वीडियो में अपने आप में विशिष्ट उपाय बताए गए हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय श्री राम